पर आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत है दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कि हमारे जो गंदा बैंक में अकाउंट ओपन किया था उसकी बैंक हमारे पास आ चुकी है इसे हम आज आपको अनबॉक्स करके दिखाएंगे पूरा प्रोसेस बताएंगे इसका दोस्तों कैसा एटीएम टी एम और चैबुक वगैरह दिखती है कितने में आती है पूरी दिखाएंगे तो दोस्तों हमारे चैनल बन रही है चैनल पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों चलिए उसको ओपन करते हैं देखिए दोस्तों हमने ओपन कर लिया है इसे रख देते हैं एक तरफ तरह को ये सबसे पहले है हमारे पास चैक बुक देखिए दोस्तों हमारे पास चेक बुक है इस तरीके की चेक बुक है देखिए दोस्तों बंधन बैंक की ये वन नाम वगैरह लिखा हुआ है इस पर अकाउंट नंबर लिखा हुआ है ये आपको मिल जाती है कुछ बीस से पच्चीस पेज में इसे रखते हैं हम शेड में अब दिखाते हैं हम डेबिट कार्ड ये हमारे पास चार से पाँच दिन में आ चुकी है ये देखिए दोस्तों ये इसे ओपन करते हैं हम आपको जो आप मेन देखना चाहते हैं डेबिट कार्ड इसे हम आपको दिखाएंगे इसे ओपन कर लेते हैं ये देखिए दोस्तों ये ओपन हो चुका है इसे निकाल लेते हैं बाहर इसे शेड में रखते हैं रेपर को ये हमारा कुछ पर्सनल डिटेल्स है ये देखिए ये हमारा डेबिट कार्ड स्टैंडर्ड डेबिट कार्ड इसे पहले डाल लेते हैं पहले ही मैंने हैं। ये मैन्य है ये देखिए दोस्तों इस कुछ हायर डेबिट कार्ड लिमिट पर इंधन बैंक ऑफर्स अट्रैक्टिव ऑनलाइन डील्स ये वगैरह लिखा हुआ है आप इसे पढ़ सकते हैं कि मेनू कार्ड आइए ये देखिए आप टाइप ओ टी क्या आप किस तरीके से अपने डेबिट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं पिन बना सकते हैं इस साइड में रखते हैं हम डेबिट कार्ड दिखाते हैं ये आ चुका है हमारे पास डेबिट कार्ड ये देखिए दोस्तों, दोस्त का डेबिट कार्ड देखने में बंधन बैंक का और ये है रैपर जिसे आप इसे कैरी कर सकते हैं दोस्तों आप भी बंधन बैंक का अकाउंट ओपन करा सकते हैं दोस्तों इस जो न्यू अकाउंट का प्रोसेस आपको वीडियो नहीं मिलेगी क्योंकि ये ऑफलाइन प्रोसेस होता है ये जो ओपन होता है अकाउंट ये ऑफलाइन होता है तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास हमारी इसी प्रकार की नई मोस्ट वैल्यूबल वीडियोस आ चुके हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ